मुझे खुद अपनी इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर मैं किसी दूसरे की इज्जत करता हूं तो शायद ही उनके गुणों की वजह से भी ना हो मेरे गुण की वजह से मैं किसी की इज्जत करता हूं है ना